नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में भारतीयों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दुनिया भर में बड़ी कंपनियों में छटनी से हजारों भारतीयों को अब नौकरी खतरे में नज़र आ रही है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के सीजन में वैश्विक स्तर पर दो लाख से अधिक तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इनमें से कम से कम साठ हज़ार भारतीय शामिल हैं जिन कंपनियों में छटनी की गई है वो कंपनियां शामिल हैं अमेज़न के अठारह हज़ार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्यारह हज़ार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने मेटा ने दो चरणों में अपने कर्मचारियों की छटनी का ऐलान करा है उसने अब तक इक्कीस कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है आप दुनिया भर की बड़ी कंपनियां लगातार छटनी की जा रही है सबसे ज्यादा जिसमें छटनी की गई है वो टेक कंपनियां शामिल हैं। लगातार हो रही छटनी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय चिंतित है भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो दुनिया भर में हो रही छठनी को लेकर चिंतित है और वो लगातार भारतीयों से संपर्क में है